तो गाइज़ यार आप लोग टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होगे कि आज का वीडियो किस बारे में होने वाला है तो गाइज़ ये बात बिल्कुल सच है कि मैं यूट्यूब छोड़ रहा हूँ और गाइज़ यार मैं यूट्यूब परमानेंटली नहीं छोड़ रहा हूँ मैं यूट्यूब पर कब वापस आऊँगा किस चीज़न से छोड़ रहा हूँ मैं सब कुछ यार आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ प्लीज़ तो वीडियो को जरूर एंड तक तो देखना और गाइज़ यार चैनल पर नए होते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को बल लाइक कर देना तो कह चलो आज के यू को कर स्टार्ट करते हैं तो कहा जाए मैं यूट्यूब को इस वजह से छोड़ रहा हूँ क्योंकि यार अब मेरे एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं और एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया तो इसलिए मेरे को पढ़ना भी पड़ेगा और पढूंगा नहीं तो यार ऐसे एग्ज़ाम भी नहीं ले पाऊंगा और बस यार यही इस दिन था मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया इसलिए मैं यूट्यूब छोड़ रहा हूँ बट कहा मैं परमानेंटली यूट्यूब नहीं छोड़ रहा मैं ऐसे बस एक महीने की यूट्यूब छोड़ रहा हूँ और डेढ़ महीने के बाद मैं वापस से कंटिन्यू हो जाऊँगा यूट्यूब तो गाइज़ा जैसे ही मेरे एग्जाम्स ख़त्म हो गए मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा ठीक है गाइज वीडियो बना के बता दूंगा जिससे कि आपको भी पता चल जाएगा कि मैं अब यूट्यूब पे वापस आ चुका हूँ और गाइज है मेरे को पता है कि यार यूट्यूब छोड़ दूँगा डेढ़ महीने के लिए तब क्या होगा मेरे वीडियो पर वीज भी नहीं आएंगे और सब्सक्राइबर भी थोड़े माइनस हो जाएंगे मेरे को पता है बट यार एग्ज़ाम इसलिए पढ़ना पड़ेगा और यार गाइज मेरे सामने अगर यूट्यूब और फ्री होंगे तो मैं फिर से वीडियो बनाने लग जाऊंगा, फ्री फायर खेलने लग जाऊंगा, जिसकी वजह से मेरा पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा और ढंग से पढ़ भी नहीं पाऊंगा, और ढंग से पढ़ नहीं पाऊंगा तो कहे मैं एग्ज़ाम में यार कुछ लिख भी नहीं पाऊंगा यार ठीक से इसलिए यार मेरी मजबूरी है ये मेरे को यूट्यूब छोड़ना पड़ेगा तो यार बाय बाय कह सच में तो वैसे बहुत बुरा लग रहा है कि यार यूट्यूब छोड़ना पड़ रहा है पढ़ गए मैं परमानेंटली नहीं छोड़ रहा यार और बता देना क्या ये आपको वीडियो कैसा लगा और आपको बुरा लग रहा है या फिर नहीं किया यूट्यूब छोड़ रहा हूँ तो बाए बाए यार गई बाय बाय बाय बाय